गिरा ले मुझे अपनी नजरों से कितना ही झुकने पर तो मजबूर मैं तुझे भी कर दूँगा और एक बार बदनाम करके तो देख मुझे महफिल में कसम से शहर में मशहूर मैं तुझे भी कर दूंगा सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं गवाह मेरे मोहल्ले ऐसी भी बुलाए जाए तो अच्छा हिफाजत दुश्मनों ऐसी तो कर लेते कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है और मेरे हक में जो दलीले थी फिजूल है अब मेरे हक में जो दलीले थी फिजूल है अब मेरा गवाह गवाही देने से मुकर गया खुदा से सिर्फ एक ही ख्वाहिश के कभी घर की मर्यादा लांगनी ना पड़े क्या उस ऊपर वाले से सिर्फ एक ही ख्वाहिश के कभी घर की मर्यादा लांगनी ना पड़े और करोड़ों नहीं कमाने मेरे भाई बस इतना बहुत है कि कभी किसी से कोई चीज मांगनी ना पड़े लोग रात को जागने की वजह पूछते हैं मैंने कहा सपने इतने बड़े हैं कि आंखें बंद करके देखे नहीं जाते